हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का आपके एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट दो हज़ार के बारे में दोस्तों बातिया डाकघर में है जो ड्राइवर की रिक्वायरमेंट निकल के आई है अगर आप भी दसवीं पास आउट है और आपके पास लाइसेंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर दोस्तों आप इस अगर आप इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहें हम आपको बताएँगे कि कैसे अप्लाई करना है इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की क्या प्रोसेस है क्या फीस लगेगी आपकी एप्लीकेशन फीस कैसे आपको अप्लाई करना है लास्ट डेट कब है स्टार्ट कब होगी एप्लीकेशन तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगर दोस्तों आप भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट दो ड्राइवर की भर्ती के बारे में तो दोस्तों आइए जो रिक्वायरमेंट है इंडियन पोस्ट ऑफिस में है दोस्तों ये जो पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर है जो अप्लीकेशन है वो ऑफलाइन रहेगी सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट है सैलरी की बात करें तो उन्नीस हज़ार से लेके तिरसठ हज़ार तक आपकी सैलरी रहेगी आई एज की बात करें तो आपकी एज फिफ्टी सिक्स ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो दोस्तों इसके लिए आप जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो नो no, अप मतलब apply, इसके लिए अप्लीकेशन फ़ीस नहीं है इसके लिए अप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी आपकी इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों आप तो आपके पास टेंथ पास आउट होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो अभी ऑफिशियल वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है आपको यहाँ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है क्या आपके पास रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट की अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपकी कोई अपलिकेशन फीस नहीं रहेगी अगर आपको अप्लाई करना है तो वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके अप्लाई पे अप्लाई कर सकते हैं अगर दोस्तों आप और भी ऐसी ही जॉब से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में तो अपना नाम स्टेट का नाम और जो सी डिस्ट्रिक से हैं और आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो जो लिख दें क्योंकि हम अगली बार आपकी आपसे ही रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों